हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं प्रीति आज आपके लिए लेकर आई हूं सूजी का बहुत ही हेल्दी और चटपटा और बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाला सूजी का नाश्ता फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसे मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है तो आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स या ब्रेकफास्ट या किसी भी खास मोमेंट पर बनाए बहुत ही झटपट बन जाता है आज मैं आपको एक ही बैटर से इसे दो तरह से नाश्ता बनाने के लिए बताने वाली हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो चलिए इस नाश्ता को शुरू करते हैं नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक बॉल सूजी लिया है तो हम इसे एक मिक्सिंग बॉल में डालेंगे तो मैंने यहाँ पतली वाली सूजी का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो इस नाश्ते के लिए पतली या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही मैंने इसमें आधा कटोरी दही डाला है तो इसे हम इसमें डालेंगे और इसी कटोरी से हम इसमें आधा कटोरी पानी भी ऐड करेंगे और इन सभी को पहले हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी लम्ब नहीं थी मैंने ताज़ा दही का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो यहाँ किसी भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं टोटल मैंने एक कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है तो इसे अब हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए 20 मिनट हो चुका है तो जब तक मैंने बैटर को रेडी होने के लिए रखा था उस दौरान मैंने कुछ सब्जियों को भी बैटर में डालने के लिए रेडी कर लिया है तो सब्जियों में मैंने यहाँ पस लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज एक छोटी साइज के शिमला मिर्च एक गाजर थोड़ी सी धनिया पत्ती दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च एक टमाटर और थोड़ा सा खीरा तो सब्जियों को मैंने बहुत ही बारीक काटा है आप अगर सब्जियों को काटना पसंद नहीं करते हैं इतना बारीक तो आप इसे कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे तो एक चौथाई चम्मच मैंने यहाँ काली मिर्च पाउडर डाला है जिसे मैंने दरदरा ही कोटा है एक चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और इसी के साथ हम एक चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे और अब हम इन सब्जियों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे नमक को मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया है क्योंकि मैं अब इस नाश्ते को बनाने वाली हूँ नमक को अगर आप पहले ऐड करेंगे तो उससे सब्जी सॉफ़्ट हो जाएगी और उसमें से पानी रिलीज होने लगेगा अब हम बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि सूजी ने पानी को अच्छे से सॉफ्ट लिया है और ये अब अच्छे से फूल भी चुकी है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हमें यहाँ ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बैटर को हम थोड़ा गाढ़ा ही बनाएंगे पतला बैटर बनाएंगे तो उससे नाश्ता उतना बढ़िया नहीं बनेगा अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक तो नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने सब्जियों में भी किया है आधा चम्मच चिली फ्लैक्स एक चौथाई चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर बन रेडी हो चुका है तो चलिए इस नाश्ते को हम फटाफट बना लेते हैं तो मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इसे हम स्पून की मदद से इस तरह से फैला लेंगे तो आपको जितना मोटा या पतला रखना है उस हिसाब से इसे बना लें मैं इसे थोड़ा पतला ही बनाने वाली हूँ पतला बनाने से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाती है और थोड़ी सी क्रिस्पी भी बनती है और अब हम इसमें कटे हुए सब्जियाँ ऐड करेंगे तो ऊपर से हम इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से चारों तरफ से फैला लेंगे मैंने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है इससे हमारा ये नाश्ता बहुत ही फ्लफी बनने वाला है आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं अगर कोई सब्जी आपको नहीं पसंद है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं और आप इस नाश्ते को सिर्फ टमाटर और प्याज से भी बना सकते हैं अब हम इसे कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे दो मिनट के लिए पकने देंगे दो मिनट हो चुका है तो देखिए ये ऊपर से अब बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और अब इसका कलर भी चेंज हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ग्रिस करेंगे और इसे हम पलट लेंगे इसे बनाने में बिल्कुल झंझट नहीं है आप इसे आराम से बना सकते हैं तो देखिए ये एक साइड से कितने बढ़िया से सिक चुका है और अब हम इसे फिर से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे दूसरे साइड से भी दो मिनट के लिए पकने देंगे दो मिनट हो चुका है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं तो देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया दिख रहा है सब्ज़ियाँ भी थोड़ी सी सॉफ़्ट हो गई है और ये थोड़ी सी करंची भी है तो देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता दिख रहा है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब मैं आपको इसे दूसरे तरीके से बनाने के लिए बताती हूँ इसे हम साइड रख देते हैं और बचे हुए बैटर में अब हम क्या करेंगे कि बची हुई सभी सब्जियों को इसमें ऐड कर लेंगे तो सभी सब्जियों को हम एक ही बार में ऐड कर लेंगे और एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलिए अब हम इस नाश्ते को भी बनाना शुरू करते हैं तो मैंने तवे को गर्म कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब हम थोड़ा सा बेटर लेंगे और उसे हम तवे पर डालेंगे तो मैं इसे थोड़ा छोटा ही बनाने वाली हूँ आप चाहे तो इस बेटर से भी आप इसे बड़ा बना सकते हैं लेकिन ये छोटा ज़्यादा ही बढ़िया लगता है तो थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे और इसे हम फैला लेंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे और दो मिनट के लिए एक साइड से इसे हम पकने देंगे दो मिनट हो चुका है तो देखिए ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और थोड़ी सी फ्लफ़ी भी हो गई है तो अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल ग्रीस करेंगे और इसे हम पलट लेंगे और हम इसे दो मिनट के लिए दूसरे साइड से भी कुक करेंगे इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर पकाना है तो देखिए दो मिनट हो गया है तो अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं तो मैं इसे एक बार आपको पलट के दिखाती हूँ देखिए ये कितने बढ़िया से दोनों साइड से सीख चुकी है और क्रिस्पी और क्रंची भी बनी है तो हम इसे इस तरह से दबाते हुए थोड़ा सा और सीख लेंगे उलट पुलट के इस तरह दबाते हुए हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे तो देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है और देखने में ये कितना बढ़िया दिख रहा है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इसी तरह हम बाकी कभी बचे हुए बैटर का नाश्ता बना रेडी कर लेंगे तो इस बार मैं एक बार मैं दो नाश्ता बना तैयार करने वाली हूँ तो पहले हम एक साइड थोड़ा सा बेटा डालेंगे और इसे हम फैला लेंगे और उसके बाद हम इसे दूसरे साइड थोड़ा सा बेटा डालेंगे और इसे भी हम फैला लेंगे तो अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप एक बार में तीन से चार इस नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं तो मैं इसे भी थोड़ा पतला ही बनाने वाली हूँ कुछ देर बाद हम इसे पलट लेंगे और उलट पुलट के हम इसे दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे तो नाश्ता बन हमारा रेडी है तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं तो लीजिए सूजी का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन रेडी हो चुका है आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं दोनों ही बहुत अच्छी लगती है बच्चों को तो ज़्यादातर छोटी वाली ही ये रेसिपी पसंद आती है आप इसे उन्हें लंच बॉक्स में दें उन्हें बहुत ही पसंद आएगा तो अगर आप बच्चों को इस तरह का नाश्ता बना के देते हैं तो जो सब्ज़ी बच्चों को नहीं पसंद आती है उस सब्जी को भी वो बड़े ही चाव के साथ खाएँगे और इसमें ये सब्जी अच्छे से पक भी जाती है तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय